सो आई आर लो गाई सो आई आर वेलकम बैक सो गाइस आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू ब्रांड न्यू वीडियो और गाइस आज की वाली न्यू वीडियो और होने वाली है हमारे एक नए माइनक्राफ्ट के एस एम पी के ऊपर गाइज मैंने एक ये नई एस बनाई है मैंकोन एस एम एसएमपी जिसका हमने नाम किया है और गाइस ये एसएमपी मैंने एटोनोज से बनाई है आप भी बना सकते हो से एकदम फ्री एसएमपी अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो फिर आप आपको बस कमेंट करके बता देना मैं उसका ट्यूटोरियल भी बना दूंगा आपके लिए और गाइस आज की वीडियो में मैंने जो एस बनाई है इसमें मेरे साथ आज तो कोई नहीं खेलेगा पर बाद से सा, बहुत सारे लोग खेलेंगे तो अब आज के लिए मैंने बहुत से टूल्स वूल्स बना लिए अपने लिए आर्मर बना लिया है और सारे नॉर्मल चीज़ें बना ली है मैंने वीडियो में नहीं दिखाई क्योंकि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं ये तो लोग करते ही है हमने सोच मैंने सोचा कुछ नया किया जाए तो आज की वीडियो में हम माइन में बहुत सुंदर सा प्यारा सा घर बनाएंगे इसी वाली एस में माइनकॉइन एस में अब से मैं इसको इसी वाली एस नहीं बोलेंगे इसको माइनकॉइन एस एम बोलेंगे तो माइनकॉइन एस में हम खेलेंगे और देखना क्या होगा अभी आगे गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने फर्नेस सर ये भी बनाया और ये अभी तो मेरे पास कोल नहीं है पकाने के लिए तो मैं कोल भी ले दे देता हूँ और मैंने सारे चीज़ों को उस लावा में फेंक दिए जितनी भी ख़राब की चीज़ें थी जैसे वुडन की पिकैक्स हो गई ये सब चीज़ें और गाइज द मेन थिंग अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस इस जगह पर क्रिएटिव कर सकता हूँ या गेवा लिख सकता हूँ तो ऐसा नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं एफ थ्री ए तो देखिए अनेबल टू ओपन गेम मोड फ्यूचर नो परमिशन यहाँ पे क्रिएटिव बैंड हो रखा है अभी क्रिएटिव को हम यूज़ ही नहीं कर सकते जैसे अभी मैं लिखूं गिव दर्श अरे यार दर्श अगर आपको यकीन नहीं होता मेरा नाम दर्श है तो ए पी डायमंड I'm sorry, but you don't have a permission to perform this command. Please contact the server administration if you believe that this is is इन आर एरर सो गाइज आर कमेंट में ये मत लगना कि cheating, cheating, cheating, cheater. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसा ही नहीं होता So guys, मेरे को घर बनाना है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा टाइप का घर बनाऊँ तो अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी creative वन में हाँ इसमें creative नहीं होता अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड में जाने वाला हूँ और मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने अभी तक कितने सारे घर बना रखे हैं और मैं सिलेक्ट करूँगा जो मैं आज की वीडियो में बनाऊँगा सो so गाइज मैं आ चुका चुको अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड में और इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं बना सकता हूँ सो so, पहला ऑप्शन है ये ये फार्म हाउस है छोटा सा अच्छा सा लगता है ये बहुत ये मैंने बनाया है यहाँ लिख भी रखा है पर आ, मतलब आइडिया किसी और का था पर बनाया मैंने इंटीरियर भी मैंने किया एक्सटीरियर भी इस घर का और देख सकते हो आप ये ऐसा घर है मेरे को तो लगता है कि यही बनाया जाए ये बहुत अच्छा है क्योंकि अंदर से भी दिखा दूँ मैं इधर भी एक ट्रैपडोर जाके नीचे वाला फ्लोर आ जाता है नीचे भी हम सजा सकते हैं कुछ भी अपना और ऊपर भी जा सकते हो आप सीलिंग में तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है एक और तो व्लेजर का घर है मेरा नहीं है सॉरी और ये ये ये भी एक घर है ये पुषिदी ने बनाया मेरी दीदी ने बनाया है और ये ऐसा घर है ये देख सकते हो आप ऐसा भी बना सकता हो पर ड्रैगन के हेड नहीं लगाऊंगा और एग्री नहीं लगाओगे जब तक ड्रैगन को मैं मार नहीं देता ऊपर से कुछ ऐसा है और और भी बहुत सारी चॉइसेस है मेरे पास इन्फिनेट है एक तो ये चॉइस है ये भी मैं अभी कम्प्लीट कर रहा हूँ बना है और ये देखिए इस पे ना लिटरली मेरे को दो दिन की मेहनत लगी है इंटीरियर बाय दर्श मिड बाय दर्ज एक्सटीरियरियर बाय दर्श फुल क्रेडिट टू दर्श यस पूरा मैंने बनाया है दोनों में से किसी ने मेरी मदद नहीं करवाई है इस इस घर को बनाने में बाकी में तो करवाई है और देख सकते हो आप ये बहुत बड़ा है इसका इंटीरियर भी मैं दिखा दूंगा अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाला घर बनाऊँ तो फिफ्टीन लैक्स था ये मैं और फिफ्टीन लैक्स के बाद आपको कमेंट में लिखना है सर्कल हाउस सर्कल हाउस लिख दो या गोल हाउस कुछ भी लिखना है लिख दो और ये ये पुश्ती हाउस लिख दो और यहाँ पे ये तो बहुत ही गंदा लगेगा अभी नहीं अच्छा लगेगा मतलब गंदा नहीं पर अभी गंदा लग रहा है तो ये अभी इनकम्प्लीट सा है ये ब, ये तो मैं बना ही रहा हूँ और बाद में के लिए आप बता देना और ये यचस ने बनाया ये वाला घर मेरे छोटे भाई ने ये घर ऐसा है अंदर से ऐसा है और एक चेस्ट है और ऊपर भी एक फ्लोर है मेरे दीदी और मेरे भाई का एक ही टाइप सा घर है इसने एक और फ्लोर बना रखा है ये तो मैंने देखा ही नहीं था ये क्या है कुछ भी नहीं है हाँ तो आपको बस बताने कौन सा बनाऊँ मैं ये यशस् हाउस लिखना है आपको कमेंट में ये ट्री हाउस लिखना है आपको ट्री हाउस ये भी अच्छा सा है यह है तो मैं बना ही दूंगा चलो और ये कंटेनर हाउस है और कंटेनर हाउस के बाद आता है हमारा अमंगसाउस ये भी कंप्लीट नहीं हुआ ये भी मैं बना ही रहूँ और गाइस ये भी मैंने बनाया ये भी मैंने बनाया ये पुषिदी ने बनाया मेरी दीदी ने बनाया ये भी मैंने बनाया वो ये ने बनाया है और वो पूरा मैंने बनाया है सबसे बड़ा दिख रहा है सो गाइस आपको बस बता रहे कौन सा घर बनाऊँ मैं और सो गाइज अभी बनाना शुरू भी करना है हमें ये वाला घर बनाएगा हम जो ये दिख रहा है आपको ये मेरे को बहुत अच्छा सा लगता है छोटा सा है पर बहुत अच्छा है और बहुत काम का भी है और मैं आपको इसकी ट्यूटोरियल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि मैं बनाते ही नहीं दिखाऊंगा कि अगर बनाते ही दिखा दिया तो भाई मतलब एक दो घंटे लग जाएंगे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जाके देख लीजिएगा सो so, चलो अब मैं वापस जाता हूँ अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में तो so, कभी मैं आ तो चुकाऊँ और मेरे को ये दो एंड मैंने दिखे पर मैं मारूँगा नहीं क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन भी नहीं है बिल्कुल भी सो so, अभी मैं नहीं मारने वाला इनको सो यू बोथ अरे यार देख लिया क्या मैंने अरे सूरा सूरा सूरा सूरा अरे यार गलती से गलती से देख लिया यार ऐसा थोड़ी ना होता है रात में आ नहीं है लो आप, आप मैं आपकी आंखों में देख लूँ लो वहीं पर आओ वहीं पर आओ एक्से मारता हूँ ना मैं आ ला ला ला ला ला ला ला पिटो, पिटो गंदा वाला पानी में देखना भी बहुत डिफिकल्ट है यार आओ मिन्या वहीं पर खड़े रहो बाय वो खाना खाने दो थैंक यू तो फारेली गाइस मैंने उसको मार दिया और उसका अंडा एंडापल भी मिल चुका है मेरे को और अब मेरे को कुछ भी नहीं करना घर बनाने जाना है और एक सुंदर सा घर बनाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वही अरे मतलब सुंदर सा नहीं मतलब वही वह घर बनाएंगे और यार ये इफेक्ट क्यों मिल गया सो so गाइस मैं आपको मिलता हूँ घर बनाने के बाद और सब कुछ सेट करने के बाद गाइस मेरे को तो दो घंटे लगेगे दो या दस आ, दस कह रहा हो दो या तीन घंटे पर आपको तो पाँच सेकंड में पूरा पूरा पूरा घर दिख जाएगा आपको गाइस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में सो फाइनली गाइस बहुत देर के बाद मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है जिसमें ऐसा कि आप देख सकते हो तीन बेड है अभी मैं और भी लगा दूँगा जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे अभी तो मैंने अपने भाई और बहन के लिए जुगाड़ किया और यहाँ पे मेरा सारा सामान है तिबी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ी थी मेरे को बीच बीच में और गाइज बहुत टाइम लगा मैं सच्ची बता रहा हूँ यार इससे ज़्यादा टाइम मेरे को आज तक कोई घर बनाने में नहीं लगा है पर वो बात अलग है वो जो बड़ा वाला घर था सर्किल वाला उसमें मेरे को दो दिन लगे थे पर इसमें चार पाँच घंटे लगे हैं तब भी बहुत ज़्यादा टाइम है यार मैं बहुत थक चुका हूँ भी सो गाइज देट सॉट टूडे वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइज अब अपना सीधा नेक्स्ट डे में 50 लाइक्स 50 50 लाइक्स नहीं 15 लाइक्स और 50 सब्सक्राइबर्स का गाइज बस चार सब्सक्राइबर दूर है मैं चार सब्सक्राइबर दूर गाइज प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है और अगर कर दिया है सो भाई दल से थैंक यू यार Thank you guys. That's it for today's video. I will talk to you next video. Till then, peace out.